वीडियो में मैंने एक थोड़ा सा एनालिस किया है कीवर्ड रिसर्च का कि पिछले पाँच सालों के अंदर कितना ज़्यादा कौन सा कीवर्ड सर्च किया गया तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंपैरिजन किया इमरान खान का अगर हम लोग देखें 2018 से लेकर 2019 तक यानी कि जब इलेक्शंस का दौर था ना और उसके बीच तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमरान खान को इमरान खान का कीवर्ड गूगल के ऊपर सर्च किया गया देख लें और यहाँ पर अगर हम लोग दो हज़ार उन्नीस बीस इक्कीस की बात करें तो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया गया इतना ज़्यादा ये वर्ड सर्च नहीं किया गया मगर क्योंकि उस उस दौर के अंदर इमरान प्राइम मिनिस्टर थे मगर जैसे ही इमरान ख़ान यहाँ पर देखें कुर्सी से उतारा गया उनको तो उनकी जो सर्च हैं उनकी जो पॉपुलरिटी पौपुलरिट, है वो ज़्यादा इनहेंस होना स्टार्ट हो गई यहाँ पर देखें अभी भी है लेकिन अभी भी अगर देखें तो थोड़ा सा नीचे डाउनफॉल हुआ है लेकिन अगर आप लोग देखें यहाँ पर यहाँ पर फिर से आप जा रहे हैं मतलब साथ साथ जैसे ही 2023 हजार तेईस के इलेक्शन आई थिंक आ रहे हैं और जैसे इमरान खान जल से कर रहे हैं तो अभी इसका ट्रेंड मजीद बढ़ रहा है एंड हम लोग एक और चीज करते हैं अब हम लोगों ने इमरान खान तो सर्च कर लिया है अब हम लोग एक और की बार सर्च करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टी ट्वेंटी मैच जो एशिया कप हमारा होता है अब हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंडिया वर्सेस लोग एंटर करते अभी देखते हैं कि इंडिया वर्सिज पाकिस्तान का क्या ट्रेंड है माय गॉड इतना इतना ट्रेंड अगर देखें देखें ना तो इस इस टाइम 2018 के के अंदर अंदर ज्यादा सर्च नहीं किया गया एशिया कप था दौरान कितना थोड़ी सी हाई पाई है ऐसा ऐसा लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सर्च करा गया है नहीं। नहीं। किस तरह से एनालिसिस किया जाता है एकदम परफेक्ट तरीक़ों से अभी मैं इसके ऊपर मज़दीद रिसर्च करूँगा मज़दे जानूँगा कि मैं अपने ग्राफ्स को अपने एनालिसिस को मज़ीद किस तरह से इन, इनहेंस कर सकता हूँ मजदीद चीज़ों को किस तरह से मोडिफाई कर सकता हूँ तो आपको वीडियो इनशाला इन, इन टॉपिक्स के ऊपर भी देखने को मिल, मिलती रहेंगी फॉर मैंने सर्च किया है टॉप ट्रेंड्स इन पाकिस्तान और टॉप ट्रेंड्स के अंदर यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा ग्राफ मिला है टॉप ट्वीट्स ट्रेंड ओके अब हम लोग ट्विटर्स के ट्रेंड्स को एनालिस करते हैं ट्विटर के ट्रेंड्स कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च किया जा फ़खर जमान फ़खर जमान तो इसको हम लोग सर्च करते हैं मैंने कॉपी करते हैं आ गया फाइनली तो फ़ख्र जमान दो एंड दो यहाँ पर इसकी सर्चिज है एंड फख्र जमान के लिए ट्वेंटी के अंदर फख्र जमान को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया एंड 2022 के अंदर भी इसका ट्रेंड अभी चल रहा है यहाँ पर अभी जारी है तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा एनालिसिस एंड मेरा छोटा सा कोड आपको जरूर अच्छा लगा होगा जो तो मैंने एनालिस किया ये मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है वैसे मैं ट्राई फन के लिए ट्राई एलर कर रहा था काफ़ी ज़्यादा एलर भी आए और मुझे इसका रिलेटेड कोर्ड देखने को मिल गया YouTube के ऊपर Google के ऊपर मैंने सर्च करा तो मुझे ये आर्टिकल देखने को मिला आ, करके एक लेडी है जो कि डेटा साइंस मशीन लर्निंग है इंजीनियर है, है और ये अभी डिजिटल मीडिया स्टडी कर रही हैं तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है इसको आप लोग पढ़ कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी install फ्रॉम uh, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है नहीं तो यहाँ से भी कोड को कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर आकर आप लोग अपना एनालिसिस कर सकते हो इजीली मैंने आपके सामने करके दिखाया तो यहाँ पर देख सकते हो गूगल के ऊपर गूगल को ही सर्च किया जा रहा है सबसे ज्यादा तो इसका तो ग्राफ सबसे ऊपर ही है 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा गूगल के ऊपर गूगल को सर्च किया गया पता नहीं क्या तो गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा भी गूगल को ही सर्च किया जा रहा है तो इसका आप लोग ट्रेंड चेक कर सकते हो आइनो ये छोटा सा कोड था इसको मजीद बेटर किया जा सकता है और इसके अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट की जा सकती है मोनर मुझे नहीं आती वो चीज़ें मगर मैंने कर देने की अभी मैं सीख रहा हूँ सीखने के फेजिस में हूँ और कोर्ड को देख कर थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह कर लेता हूँ तो इतना है अभी मुझे पता तो इसलिए मैं ये चीज़ें थोड़ा सी कर पाया मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा इसके ऊपर हाँ आर्टिकल को पढ़ा आर्टिकल को समझा और थोड़ी सी समझ आ गई तो इसके अंदर मैंने चेंजिंग कर दी ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम लोग अपने सेकंड चैनल के ऊपर इस चैनल के ऊपर मैं आपके साथ मज़ीद चीज़ें शेयर करने वाला हूँ मज़ीद्स हम लोग लेकर आने वाले हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वाली चीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग